रॉकिंग स्टार की पैन इंडिया फिल्म केजीएफ चैप्टर टू दर्शकों को काफी पसंद आ रही है ये फिल्म 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक हफ्ते में ही वर्ल्ड वाइड लगभग हजार करोड़ की कमाई कर ली है जिसे दर्शकों द्वारा खूब सराहा जा रहा है इस मूवी में एक्टर यश रोकी भाई की भूमिका में नजर आ रहे हैं इसके अलावा फिल्म के दूसरे पार्ट में संजय धत् और रवीना टंडन प्रधानमंत्री रमिका सीएम की भूमिका में नजर आ रही है इन सब पॉपुलर सेलेब्स के बीच फिल्म में श्रीनिधि सेठी भी है जो केजीएफ के पहले पार्ट में भी थी और अब दूसरे पार्ट में भी नज़र आ रही है आपको याद दिला दे कि फिल्म केजीएफ में श्रीनिधि सेठी एटीट्यूड फैंस को खूब पसंद आया था जिस वजह से वह लोगों का ध्यान अपने और खींचने में खूब कामयाब हुई आपको बता दूँ कि यह श्रीनिधि सेठी की पहली मूवी थी जिससे एक्ट्रेस ने अपने पहले पैन इंडिया फिल्म में ही पूरे देश और विदेश में लाखों फैंस का दिल जीत लिया था और अब के जीएफ के दूसरे पार्ट में भी अपनी भूमिका से फैंस के बीच काफी फेमस हुई है तो चलिए आज हम आपको रोकी भाई को अपने प्यार में दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री श्रीनिधि सेठी की अनसुनी वास्ते बताने वाले हैं कौन है श्रीनिधि सेठी दोस्तों श्रीनिधि सेठी मॉडलिंग की दुनिया का चमकता हुआ सितारा है एक्ट्रेस ने एक नहीं बल्कि कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट अपने नाम किए हैं श्रीनिधि छठी साल 2016 में मिस दिवा सुपर नेशनल रही हैं। इसके बाद श्रीनिधि ने मिस सुपर नेशनल का भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट अपने नाम किया है श्रीनिधि दूसरी ऐसी भारतीय मॉडल हैं जिसने इस ब्यूटी कंपटीशन में जीत हासिल की है इसके अलावा वह मिस साउथ इंडिया मिस कर्नाटक मिस ब्यूटीफुल इस्माइल जैसे कई मॉडलिंग कम्पिटिशन में जीत हासिल कर चुकी है अभिनेत्री इन दिनों सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग इंजॉय कर रही है श्रीनिधि सेठ ने मॉडलिंग की दुनिया में धमाल मचाने के बाद उन्हें फिल्मों में ऑफर भी आने लगे उन्होंने केजीएफ चैप्टर फर्स्ट से ही फिल्मों में डेब्यू किया था और अपनी पहली फिल्म में श्रीनिधि ने धमाल मचा दिया इस फिल्म में श्रीनिधि के किरदार का नाम था रीना जो सभी जानते हैं के जी यश की दमदार पर्सनैलिटी को श्रीनिधि का धमाकेदार अंदाज़ खुलकर टक्कर दे रहा है श्रीनिधि ने अपनी डेब्यू फिल्म के लिए सिमा अवार्ड जीता था फिल्म में उनके काम की खूब तारीफ हुई रीना केजीएफ जी टू में फैंस के बीच धमाल मचा रही है श्रीनिधि से की आने वाली फिल्मों की बात करें तो वह फिल्म कोबरा में दिखाई देने वाली है जो एक थ्रिलर मूवी होगी इस फिल्म में श्रीनिधि के साथ एक्टर विक्रम मिया रोशन मेथ्यू जैसे कलाकार नजर आएंगे फ्रेंड श्रीनिधि सेठी का जन्म 21 अक्टूबर उन्नीस में, में बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था इनके पिता का नाम रमेश सेठी है और उनकी माता का नाम कुशला सेठी है जब वह दसवीं कक्षा में थी तब उनकी माता की एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी उनकी दो बहनें अमृता सेट्ठी और प्रियंका सेट्ठी तीन बहनों में श्रीनिधि सेट्ठी सबसे छोटी है उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा श्री नारायण गुरु इंग्लिश मीडियम स्कूल बेंगलोर से की और उसके बाद उन्होंने जैन विश्वविद्यालय बेंगलोर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और फिर मॉडलिंग में अपना करियर आजमा